हेलो दोस्तों नमस्कार सलाम सर क्या तो दोस्तों देख सकते हो चौरानवे हमारा सीधा सीधा पास हुआ है ठीक है दोस्तों मैं उनचास दे गया था और चौरानवे राशिया दे गया था ठीक है दोस्तों तो चौरानवे दो सीधा सीधा पास हुआ है आप एक चीज़ ये भी देख सकते थे यहाँ पे ये चीज़ में जो बना के गया था इसकी ही प्लट बना के गया था ठीक है दोस्तों ये जो है इसका प्लट बनाया क्योंकि नौ छः का जोड़ी बना के जाता है हमेशा तो इसीलिए मैंने ये बना था तो इसने वो नहीं करके ये सीधा जोड़ी ही मार के गया ठीक है दोस्तों सीधा जोड़ी ही मार के गया मतलब पलट मार के गया और दोस्तों मैंने यहाँ पे जीरो पंजा हरूप दिया था जो हमारा पचास में पास है दोस्तों ठीक है पचास में पास है और जो हमारा लगातार हरूप ट्रिक है वो भी हमारा कल पास होके गया है मैं आपको तो वो भी दिखा देता हूँ ये देख सकते हो कल ये भी हमारा अंदर के तरफ दुआ पास है फिर परसों ती पास हुआ तीस में फिर तीस पास हुआ था मतलब लगातार ही अंदर पास होके जा रहा तो आज भी इसका पंजा और जीरो का हरूप निकल के आया है बाकी पंजा सॉलिड रहेगा आज के हिसाब से मेरे हिसाब से जो जो ये ट्रिक के हिसाब से चल रही है गेम ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और जो मैंने आपको बताया था जो गली गली में आपको बताया था मैं कल ठीक है जो गली में बताया गया था ये यहाँ पे चौरानवे मार गया दोस्तों ठीक है चौरानवे मार के गया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दोस्तों और यहाँ पर आ गया हमारा बयासी और बयासी जो मैं दे गया यार ठीक है बयासी जो मैं दे गया हूँ वो सिंगल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी अट्ठाइस दे गया था मैं आपको एक चीज ट्रिक दिखा देता हूँ जो मैंने हम जो लेके गया था लास्ट तक सिंगल दे गया था अट्ठाईस ये देख सकते तो यहाँ से मैं दे गया था ये अट्ठाईस ये लगातार ये सारे जोड़ी पास है मेरे हिसाब से ठीक है ये जोड़ी सारे पास है ठीक है जो अट्ठाईस दे गया था मैंने बोल के गया था सिंगल जोड़ी है जिस दिन मैंने सत्ताईस पास करवाया था उस दिन उस दिन का वीडियो उठा के देख लेना ठीक है उस दिन का वीडियो उठा के देख लेना सीधा सीधा गेम पास है ठीक है दोस्तों तो उस हिसाब से ये हमारा सिंगल ब्यासी हमारा डीएस में पास है दोस्तों ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है जो आज का गेम है वो भी आपको दे देता हूँ पर दोस्तों यार वीडियो को शेयर नहीं कर रहे मज़ा नहीं आ रहा वीडियो डालने में, में मेरा जो मैं लगातार आज से कई दिन लगातार कई दिन से पास करवा रहा हूँ कल मैंने 16 पास करवाया परसों परसों मैंने पास करवाया था बहत्तर की 27 पास करवाया था ठीक है दोस्तों के 27 सत्ताईस लगातार ये हर रुपये पास हो रही है ठीक है और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कल मैंने यहाँ पे उनचास डाल किया था चौरानवे पास होके गया ठीक है दोस्तों गली मैंने गल... गाज़ियाबाद और गली के गाज़ियाबाद और फजीबाद के बाद मैंने अट्ठाईस डाल किया था देख लेना अट्ठाइस डाल के गया था मैं टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको बोल के गया था कि सिग्नल डालूंगा भाई दो जोड़ी में डाला था सत्ता अट्ठाईस और बहत्तर डाल के गया था जिसमें हमारे अट्ठाईस के पलट में ब्यासी पास है दो जोड़ी में ठीक है दोस्तों जाके एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ठीक है दोस्तों ऐसे लगातार कैदिन से लगातार ही पासिंग चल रहा है दोस्तों पर लोग आप लोग यार वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो यार वीडियो को शेयर करना तो बनता है यार दोस्तों भाई किसी को दूसरे को तो भी फ़ायदा पहुँचाओ ठीक है दोस्तों मैं आपसे पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ भाई पैसे तो मांग नहीं रहा हूँ ठीक है दोस्तों पैसे मांग नहीं रहा हो आपसे आपको सिर्फ़ वीडियो को शेयर करना है ठीक है दोस्तों चलो कोई नहीं आज का गेम ले लो मेरे तरफ से सिंगल 25 है और चौवन है ठीक है 25 की राशि में ये जोड़िया है ठीक है पच्चीस की जोड़ी में राशि ये है और चौवन की राशिया है ठीक है दोस्तों चौवन की राशि ये है ठीक है थीके? और आज का जो दूसरे ट्रिक से हरूप निकल के आ रहा है वो दुआ सत्ता है फिर से दुआ सत्ता निकल के आया है ठीक है दोस्तों बाकी आप देख लेना अगर आपके पास कोई भी हरूफ होता है तो इसके साथ ज्वाइन करके एक दो जोड़ी खेल सकते हो सिंगल जोड़ी ठीक है मैं आपको सिंगल जोड़ी देने वाला था पर दे नहीं रहा हूँ फिर टेलीग्राम पे ही डालूंगा दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाओ टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाओ ताकि आपको वीडियो मिले और वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और इस चैनल को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो दोस्तों सिंगल जोड़ी उड़वाने वाला हूँ मैं किस मैंने लास्ट तक डीएस में गली डीएस में सिंगल जोड़ी उड़ेगी जैसे मैंने कल उड़वाया परसों भी उड़वाया था ऐसे लगातार ही काम कर रहा है कई दिन से लगातार ठीक है दोस्तों आप वीडियो को शेयर करो और भाई जो भाई नया बंदा है वो सब्सक्राइब करके कर रखें ताकि आपके पास आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ठीक है दोस्तों तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत